दरभंगा के दबंग रंग गेरा छोलिए में डर देव रंग में देर रंग छोलिए में डर दे से गे गे गे सारी सारी रंग घुसा नगर के के दबंग हीरो हम छोलियो में ढेर त्वरा रामन के तुरा त्वरा चली माफ तो रंग मे तो दाल में छोलिया में